動くれ。おいて、泣いて。おい、はいだ、まい。ああ。どんどん走れ。あがって、バイ。です。 हगाई नहीं हो रहा है इस तरह सब बीच में आ जाते हैं दूसरे जरूर आय हाथ लगे पर चढ़ अगले दिन। एक यो। तेरे साथ यहू आगे ले। बाप रे सारे बाकियाँ मार दो। नहीं चला जाओ ये बाप रे तो बाप रे कौन मार दोगे? हमारा अगले नहीं देता है इस अमूल के। लगा ये चीज़ मुझ पास छोड़ना ही चाहिए। वीडियो लगा लेडियो